हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अगर आपको याद है तो लास्ट जो वीडियो था वो देखे बिना अगर आप इस वीडियो में आए हो तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है पहले वो वीडियो देखें, इसके पहले का वीडियो देखें, बिकॉज इसके पहले के वीडियो में हमने स्टेटमेंट नंबर वन कैसे बनाना है उसके बारे में हमने सीखा था चैप्टर का नाम है इक्वी प्रोसेस एम आइडल स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल और एम कॉम रेगुलर स्टूडेंट्स जो कॉलेज से कर रहे हैं सेमिस्टर थ्री में कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में ये टॉपिक आपको पूछा जाएगा तो बेसिकली स्टेटमेंट नंबर है कैलकुलेशन तो अगर हम लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिवाइज करें तो हमने इसमें यूनिट uh, ढूंढे थे यहां पे हमारा मटेरियल का एंसर था फोर थाउजेंड लेबर का एंसर था हमारा थ्री सेवन फाइव जीरो और ओवरहेड्स का आंसर था हमारा 3750 हमें हमने एक रैंडम अमाउंट्स लिए थे हमने कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है क्वेश्चंस में आप अगर देखोगे तो अमाउंट्स डिफर होंगे लेकिन हमने एक रैंडमली अमाउंट मेजर मेरा देखे ये था कि फॉर्मेट रिवाइज हो पाए चलो अब हम क्या करेंगे ये आप अमाउंट याद रखना मटीरियल का फोर है लेबर का थ्री और ओवर का थ्री मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टेटमेंट नंबर वन में हमको मटीरियल का एंसर कितना आया था 4000 यूनिट्स आया था लेबर एंड ओवरहेड्स दोनों का अलग अलग आंसर कितना आया था 3750 यूनिट्स आया था अब हम आज के सेशन में सीखेंगे कि स्टेटमेंट नंबर टू जो है वो कैसे बनाते हैं स्टेटमेंट नंबर टू जो है होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट पर यूनिट इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट नंबर वन तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होता है ज़्यादा कुछ कैलकुलेटिव चीज नहीं है इसमें हम पर्टिकुलर्स का कॉलम करेंगे और पर्टिकुलर्स के कॉलम के साथ हम एडजस्ट करने वाले हैं हमारे कैलकुलेशन को ठीक है तो अगर आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलर्स है आ, मतलब डिटेल्स है आपके क्वेश्चन में तो एक एग्जांपल सिंपल वाला ही लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अगर आपके क्वेश्चन में समझो मटेरियल्स की वैल्यू दी है नाइन थाउजेंड एक एग्जांपल ले रहा हूं लेबर रहेगा तो लेबर लेंगे ओवर रहेगा तो ओवर लेंगे तो अगर आपके क्वेश्चन में मटेरियल्स की वैल्यू दिया है नाइन थाउजेंड लेबर और ओवर जो भी आप अमाउंट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं लेकिन एक मेजर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए तो मटेरियल की वैल्यू है नाइन ये आपका अमाउंट है ठीक है ये आपका अमाउंट ये आपके क्वेश्चन में दिया होगा तो हम करने क्या वाले हैं हम मटेरियल की वैल्यू को क्वेश्चन की वैल्यू को हमारे इक्वीवेंट जो हमारे यूनिट्स है उसके साथ हम डिवाइड करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली लिखता हूँ इक्वीवैलेंट यूनिट्स तो हमारा मटेरियल का इक्वीवेंट यूनिट्स देखो यहाँ पे हमने ढूंढा था स्टेटमेंट नंबर वन में तो हम यहाँ पे लिखेंगे फोर तो हम अभी क्या करेंगे नाइन को हम नाइन को फोर से डिवाइड कर लेंगे तो हमको जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी अवर सी पी यू दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट पर यूनिट तो हमको मिल जाएगा 2.25 पॉइंट ट्वेंटी पर यूनिट यह हमारा आंसर आ जाएगा यह हमारा क्या है ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है तो सेकेंड स्टेटमेंट जो होता है, है तो आप क्या करोगे फाइव थाउजेंड को आप लेबर के वैल्यू से डिवाइड करोगे लेबर का कितना है हमारा लेबर और ओवर रेट एक ही है थ्री सेवन फाइव जीरो तो इसका भी आपको सीपीयू मिल जाएगा सिमिलरली आपको क्या करना है ओवरहेड्स लेना है से फॉर एग्जांपल ओवरहेड्स हेड्स है आपका चार हजार तो चार हजार को आपको क्या करना है थ्री सेवन फाइव जीरो से डिवाइड करना है इसका भी आपको क्या मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा तो स्टेटमेंट नंबर टू इज नॉट सो कैलकुलेटिव स्टेटमेंट नंबर टू इज वेरी वेरी इजी लेकिन स्टेटमेंट नंबर टू में आपको सही कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने से पहले आपको स्टेटमेंट नंबर वन के ऊपर फोकस करना है जब तक आपका स्टेटमेंट नंबर वन सही नहीं होगा तब तक आपका स्टेटमेंट नंबर टू सही होने के चांसेस ही नहीं है का जो भी आंसर आता है वही आंसर आपका स्टेटमेंट नंबर टू में कैरी फॉरवर्ड होता है तो इसके फॉर्मेट कैसे बनाएंगे मैं आपको पूरा फॉर्मेटिंग करके बताता हूं देखो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हमको कैसे इसका सेकेंड स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है ठीक है पर्टिकुलर Uh, ये आपका कॉलम रहेगा नंबर वन इसके बाद आपका मटेरियल का कॉलम रहेगा उसके बाद आपका लेबर का कॉलम रहेगा उसके बाद आपका ओवरहेड्स का कॉलम रहेगा और एक कॉलम आप एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर सकते हैं टोटल का कॉलम और जो मैंने आपको अभी करके दिखाया वही आप यहां पे भी कर सकते हैं जैसे कि आप सबसे पहले कॉस्ट लिखोगे एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉस्ट अगर आपकी है मटेरियल की सिक्सटी थाउजेंड है ठीक uh, है लेबर की ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये क्वेश्चन में दिया जाता है डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस यहाँ की पंद्रह हजार है तो सिक्सटी पंद्रह ये मतलब यहाँ पे आ जाएगा वन लैख ,00 की वैल्यू अभी इसमें से ना इसमें से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें से आपको नॉर्मल लॉस जो है वो माइनस करना है अगर आपके क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है तो हम माइनस करेंगे नहीं है तो हम यहाँ पर डैश दे देंगे ठीक है तो ये आपको जो भी माइनस करने के बाद वैल्यू मिल जाएगी ना उस वैल्यू को हम कहते हैं टोटल कॉस्ट ध्यान रखना उस वैल्यू को क्या कहते हैं टोटल कॉस्ट फिलहाल मैंने नॉर्मल लॉस नहीं लिया है रहेगा तो आप माइनस कर देना नहीं है तो आप क्या करोगे माइनस नहीं करोगे 15,000 तो ये आपका वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाएगी ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है जो अभी हमने डिस्कस किया था इक्वी यूनिट्स को यहाँ पर लिखना है तो जो भी आपके इक्वी यूनिट्स थे वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं इक्वी यूनिट्स जितने भी रहेंगे वो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वी यूनिट्स हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर हम इस वैल्यू को इक्वी वैलेंट यूनिट से डिवाइड कर लेंगे देन वी विल बी गेटिंग दी आंसर एज कॉस्ट पर यूनिट तो हमको ये कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आ जाएगा कैसे आ जाएगा टोटल uh, कॉस्ट को जब हम इक्वी वैलेंट यूनिट से डिवाइड करते हैं तब हमको कॉस्ट पर यूनिट आता है दिस इज द फॉर्मैट फॉर स्टेटमेंट नंबर टू विच इज़ कॉल्ड एज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट तो हम सेकेंड स्टेटमेंट में क्या करने वाले हैं हम सेकेंड स्टेटमेंट में कॉस्ट पर यूनिट ढूंढने वाले हैं काफ़ी सिंपल फॉर्मेट है अगर आप ये फॉर्मेट को प्रॉपरली पहले ही पढ़ लोगे तो दैट विल बी वेरी मच ईजी दो लेवल से इस चैप्टर में आते हैं एक है फीफो और दूसरा है आपका एवरेज मेथड तो फीफो में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ओपनिंग WIP में जितना परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहेगा वो हमें नहीं लेना है डिफरेंस लेना है अगर क्वेश्चन में सेवेंटी फाइव परसेंट दिया है तो हम ट्वेंटी फाइव परसेंट लेंगे सब में नहीं ओनली ओपनिंग डब्ल्यू में बाकी सब में जैसा दिया है वैसे ही आपको लिखना है ये है हमारा स्टेटमेंट नंबर टू तो स्टेटमेंट नंबर टू तो हमारा हो गया अब स्टेटमेंट नंबर थ्री भी डिस्कस ही कर लेते हैं ताकि आपको स्टेटमेंट नंबर थ्री कैसे बनाने का वो भी पता चले स्टेटमेंट नंबर थ्री हम कैसे बनाते हैं स्टेटमेंट नंबर थ्री हम काफी सिंपल वे से बनाते हैं लेकिन स्टेटमेंट नंबर थ्री के लिए ना जो बेस है ना बेस वो बेस कौन सा है स्टेटमेंट नंबर वन एंड टू अगर आपका स्टेटमेंट नंबर वन और स्टेटमेंट नंबर टू जो है वो सही रहेगा तो ही आप स्टेटमेंट नंबर थ्री को बना सकते हैं अब स्टेटमेंट नंबर थ्री क्या होता है बेसिकली स्टेटमेंट नंबर थ्री में हमको क्या प्रिपेयर करना है बताता हूँ कैसे प्रिपेयर करना है एक कॉलम हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स एक कॉलम हम बनाएंगे इक्वीवैलेंट यूनिट्स एक कॉलम हम बनाएंगे कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई करना है एक कॉलम हम बनाएंगे रुपीज़ का और फाइनल कॉलम हम बनाएंगे टोटल का ठीक है अभी मैं बताता हूँ कैसे लिखना है ये ध्यान रखना इसमें सिली मिस्टेक्स होता है तो आपको करना क्या है आपके सामने पहला स्टेटमेंट रखना है और दूसरा स्टेटमेंट रखना है हम पहले स्टेटमेंट से एलिमेंट्स लेंगे हम दूसरे स्टेटमेंट से कॉस्ट पर यूनिट लेंगे ठीक है दूसरे स्टेटमेंट में अभी मैंने आपको करके दिखाया ना कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे ढूंढते हम लोग इक्विवेलेंट वैलेंट यूनिट्स को डिवाइड कर लेते टोटल कॉस्ट को इक्वी यूनिट से डिवाइड कर लेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा तो सबसे पहले आपको शुरू करना है देखो अगर आपको पहला लेक्चर याद है पहला वीडियो याद है तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्स्ट हम ओपनिंग डब्ल्यू लिखते हैं फिर हम इनपुट लिखते हैं फिर हम क्लोजिंग डब्लू लिखते हैं और फाइनली हम ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस लिखते हैं तो आपको यहाँ पे शुरू करना है ओपनिंग डब्लू से ठीक है ओपनिंग डब्ल्यू से शुरू करना है इसको अंडरलाइन करना है एक होगा मटेरियल, एक होगा लेबर एक होगा ओवर हर एक में तीन तीन एलिमेंट्स आएंगे और ये कहाँ से लिखना है ये जो कॉलम है ना ये कहाँ से लिखना है ये कॉलम आपको स्टेटमेंट नंबर वन से लिखना है तो स्टेटमेंट नंबर वन में अगर ओपनिंग डब्ल्यू में मटेरियल्स एक हज़ार है तो आपको एक हज़ार लिखना है लेबर अगर पाँच सौ है तो पाँच सौ लिखना है ओवर भी पाँच सौ है तो पाँच लिखना है ये सी पी से लिखना है देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये हम स्टेटमेंट नंबर वन से लिखेंगे सी हम स्टेटमेंट नंबर टू से लिखेंगे जो कॉस्ट पर यूनिट था तो अगर आपने मटेरियल का सी ढूंढा है टू इसका सीपी है वन इसका सीपीयू है वन तो सीपीयू आपने जो सेकंड स्टेटमेंट में ढूंढा है वो लिखना है फिर मल्टीप्लाई करना है वन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई टू यहाँ पे आएगा टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड 500, इन टू वन यहाँ, पे आएगा 500. 500, one, यहाँ पे आएगा 500, इन दोनों का टोटल 2000 थाउजेंड प्लस वन यहाँ पे आ जाएगा 3000, सिंपल कैलकुलेशन है लेकिन दिस कैलकुलेशन विल बी राइट ओनली एंड ओनली इफ योर स्टेटमेंट नंबर वन इज राइट अदरवाइज योर स्टेटमेंट नंबर थर्ड विल नॉट बी राइट इफ यूर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट यू आर कमिटिंग समियर तो ये हो गया ओपनिंग WIP ऐसा ही आपको क्लोजिंग WIP करना है उसमें भी तीन एलिमेंट लिखना है मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ऐसा ही आपको ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस करना है उसमें भी तीन एलिमेंट लिखना है मटेरियल लेबर ओवरहेड्स तो आपको ध्यान रखना है इक्विवेलेंट यूनिट्स जो मैं ये लिख रहा हूँ ये कहाँ से आएगा ये स्टेटमेंट नंबर वन से आएगा सी पी से आएगा स्टेटमेंट नंबर टू से आएगा इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे और इनको प्लस करके ये वैल्यू आ जाएगा दिस इज द थ्री स्टेटमेंट्स वी हैव स्टडीड ये है हमारा प्रोसेस पार्ट इक्वी प्रोसेस आई होप कि आपको आ, दो स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो पता चले होंगे तो हमने दो सेशंस डिस्कस किए उसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ बताई अब अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का फॉर्मेट क्या है प्रोसेस का अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी एवरेज मैथड एवरेज मेथड में फॉर्मेट में क्या चेंज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आई होप कि ये सेशंस आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में इसके बेसिस पे रिविजन्स हो पाएंगे अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आपको ऐसे ही और चैप्टर से रिलेटेड सेशंस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। और ये वीडियो को आप लाइक like करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे उतना यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को प्रमोट करेगा और उसके बेसिस पर काफ़ी सारे बच्चे जो एम की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाय बाय टेक केयर